तो हमने आजकल सुना है कि फ्री फायर बैंड हो गया मेरे को ये थोड़ी दिनों पहले न्यूज़ आई कि फ्री फायर बैंड हो गया मैं इसको देख बहुत दुख हुआ मेरे को तो मैंने यहाँ मैं देखो प्ले स्टोर खोल के यहाँ मैंने प्ले स्टोर मैंने यहाँ खोल कर प्ले स्टोर यहाँ खोल कर मैंने जब यहाँ पे मैंने फायर सर्च किया तो यहाँ देख सकते दोस्तों मैं तो बिल्कुल शुक्र रह गया कि फ्री फायर देखें अगर इना फ्री फायर मैक्स है तो भाई मैं तो बहुत डर गया तो यहाँ मेरे को हो गया मेरा फ्री फायर बैन तो मैंने एक आइडिया मैंने ढूंढा कि फ्री फायर कहाँ से डाउनलोड करें तो, तो हमने, थीवे थीवे थीवे थीवे हमने हमने यहाँ YouTube पे भी खोज की पर वहाँ मिला नहीं तो हम यहाँ पे अपना पहले Google निकाल लेंगे हमारी नेट प्रॉब्लम है थोड़ा तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे फ्री फायर फ्री फायर गेम उसका करना है फ्री फायर गेम यास तो ये तो मैंने कल ओपन किया पर हुआ ही नहीं मैं ग्रेना फ्री फायर एलिमिट तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की तारीख आप आप देख सकते हैं आज की तारीख सात मार्च हो रहा है मंडे हुँ? और हमारा ये देखिए आप ये देख सकते हैं ग्रेना फ्री फायर बेस्ट सर्वाइवल बेटर रोयल ऑन मोबाइल ये जो लिंक है ये फ्री फायर गेना नहीं डाली थी कि उनको मालूम था कि हमारा गेम बैंड हो जाएगा तो ये इंडियन वालों के लिए स्पेशल डाल रखी है उन्होंने तो हम देखो ये खुल गया बहुत फ्री फायर का पूरा लिंक खुल गया देख सकते हो दोस्तों आप पूरा देख सकते हो देख रहे हो दोस्तों यहाँ ये सर तो पड़ी नहीं रहा ग्रेना वालों को फ्री फायर बैन हो गया कोई ये सरी नाम की चीज नहीं है उनको वाले कुछ कर ही नहीं रहे इवेंट पे पेट डाले जा रहे तो यहाँ दोस्तों आपको एक चीज दिखा देता हूँ मैं यहाँ जो ये डाउनलोड का बटन आ रहा है ये ये डाउनलोड का बटन आ रहा है दोस्तों इसको आप ऐसे दाप दोगे क्लिक कर दोगे इस बटन पे तो ये मैक्स खुल रहा है तो हमें ये मैक्स तो करना नहीं है दोस्तों मैंने पहले पहले बार मैं ऐसे किया तो मेरा भी ये मैक्स खुला पर हमें मैक्स करना नहीं है क्योंकि तो मैक्स में जो है हमारे फ़ोन का ज़्यादा स्टोरेज जाता है और हमको फ्री फायर चाहिए तो हम फ्री फायर दोस्तों बता देते हैं बता देते हैं दोस्तों आप ये वीडियो वायरल कर दीजिएगा वायरल कर दीजिएगा और लाइक और पूरे सब्सक्राइब पूरे हमारे इस चैनल पे तो यहाँ डाउनलोड फ्री फायर दाब दीजिए ये ये ये ये, ये दाब दीजिए ठीक है मैंने जैसे दाब दिया तो ये देख रहे हो हो गया यहाँ नीचे जो ये ओके का बटन है ना दोस्तों इस पर दाप दो भाई इस पर जैसे ही आपे ना तो आप देख सकते हो यहाँ अभी आपका हो जाएगा हमारा ये फ़ोन ही इतना बेकार है 2gb जी रैम का आईफोन में खरीदने वाला हूँ दोस्तों और बस मेरे पास थोड़ा पैसा आ जाए तो मेरे पास कम पैसा है तो दोस्तों मेरा फ़ोन लैग कर रहा है क्योंकि ये 2gb का रैम है मैंने कल अपने भैया के फ़ोन में किया था जो आईफोन है मेरे भैया के पास उसमें क्या था तो वो फ़ोन अभी है नहीं यहाँ पे तो हम बार बार इसी पे क्लिक करेंगे एक बार देखते हैं दोस्तों मैंने कल तो किया था मेरे भैया के फ़ोन में मैंने खेला भी तो ये यहाँ से ऐसे ही तो किया था मैंने हो जाएगा दोस्तों चिंता मत करिए थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों डाउनलोड होने लगा मेरा एक फाइल आपको दिखा देता हूं मैं ऊपर जाकर देखिए देखिए दोस्तों ये देखिए ये देखिए दोस्तों हम झूठ बिल्कुल नहीं कह रहे ये देखिए हो दोस्तों हो रहा है देखिए दोस्तों फ्री फायर ऐप हमने गलती से दो दो बार कर दिया हमें कैंसिल ये देखिए दोस्तों ये हमारा है जैसी हो जाएगा दोस्तों आपका फ्री फायर हमारे अभी आपको बता देता हूँ मेरा आपका फ्री फायर आपको कहा मिलेगा ये हो जाएगा ना तो दोस्तों आपको आपका फाइल मैनेजर आपके फ़ोन में होगा कहीं पे भी आपको फाइल मैनेजर खोल देना इसके जो ये फ़ोन स्टोरेज है ना दोस्तों इसमें ना जाकर हमको ये ऐप ये ऐप जो है ना यहाँ जाना है दोस्तों यहाँ दोस्तों नोट इंस्टल्टेड में जाना है और वो फाइल आपको यहीं दिखेगी दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ सौ परसेंट गारंटी देता हूँ दोस्तों वो यही रहेगा